बहुत आप लोगों की दीवानगी को सलाम आपके समातों को सलाम दोस्तों ये हमारी खुश नसीबी है कि एक बेहद खुश जमाल रूह इस महफिल की सदारत कर रही हैं वो जितनी खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत भी हैं और मैंने किसी शायर के लिए कोई शेयर नहीं पढ़ा लेकिन उनके लिए मैं उनको पुकारने के लिए, के लिए कहना चाहता हूँ कि यह रेशम स लहजा ये मखमल सी बातें यह रेशम स लहजा ये मखमल सी बातें नयन तेरे करते हैं चंचल सी बातें तेरा खिलखिलाना है बरसात जैसा हैं अल्फाज बूंदों से बादल सी बातें बादल सी बातें वो करेंगी आपसे आके मोहतरमा सभा सभाबा ग्वालियर से आपके बीच में आइए एक बार एहसास हो रहा है कि मैं बीएचयू एच यू में हूं <laughs> जिंदाबाद इतना अच्छा सुन रहे हैं और बहुत सारे आकर्षण आपको दिए गए कि वहां कुछ और भी है लेकिन आप लोग नहीं गए इसका मतलब है कि असली शायरी सुनने वाले यही लोग हैं कबीर <laughs> कह गए हैं कि ढाई अखर प्रेम का हिंदुस्तान Please, please, maintain dignity and silence. थोड़ा सा सुन लीजिए मैम को कुछ कह रही है वो। आवाज आवाज आवाज आवाज नहीं आ रही है। आवाज हाँ, आवाज है। आव... आवाज आ रही रही है। है। ठीक अब मेरी आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं कि डांट भी दिया मैंने आप लोगों को समझा भी दिया फिर भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया आप मैं हाजिर करती हूँ काशी पहली बार आई हूँ मैं हिजरतों के कई दशत पार कर आई मैं हिजरतों के कई दशत पार कर आई एम मुझसे बिछड़ी जमी अब तो तू पुकार मुझे इस काशी की ज़मीन ने मुझे जिस तरह से पुकारा मैं नव भारत निर्माण समिति का शुक्रिया अदा करती हूँ कबीर से ले भावना श्रीवास्तव तक यहाँ बैठी हुई हैं और हम सब महसूस कर पा रहे हैं कि वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं मैं हाज़िर करती हूँ कि दिलों से होती हुई रूह तक उतर आई दिलों से होती हुई रूह तक उतर आई किसी की याद भी आई तो किस कदर आई बाद, दिलों से होती हुई रूह तक उतर आई किसी की याद भी आई तो किस कदर आई और तमाम रात नहाती रही थी बारिश में दिल की कहानी सुनाई कुछ ऐसे किसी ने दिल की कहानी सुनाई कुछ ऐसे कि लग खामोश हुए और आख भर आई दो तीन शेर और पढ़ती हूँ शायरी असल में सिर्फ मोहब्बत नहीं है और भी बहुत कुछ है और उम्र लगती है सबा दर्द को पानी देते रात के रात कोई रूप निखरता कैसे एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है मैं हाजिर करती हूँ कि मोहब्बत जब से धड़कन हो गई है मोहब्बत जब से धड़कन हो गई है मेरी हर सांस चंदन हो गई है और बहुत तरतीब से चलती थी सांसें बहुत तरतीब से चलती थी सांसें मगर उनमें भी अनबन हो गई है वाह कमाल, बहुत बढ़िया मैम बहुत बढ़िया बहुत शुक्रिया मैं चंदशेर और पढ़ती हूँ कि किस आलम की अब आपको उस रंग में ले चलती हूँ जो असली शायरी का रंग है कि किस आलम की किस मंजर की होती हैं? किस आलम की किस मंजर की होती है यादें जो अपने अंदर की होती है और भूले से भी पाल लेना वहम कोई भूले से भी पालना लेना वहम कोई कुछ बातें बस कहने भर की होती हैं। भूले से भी पालना लेना वहम कोई कुछ बातें बस कहने भर की होती हैं और काशी जहाँ की जमीन सब कुछ कहती है मैं शेर पढ़ती हूँ कि नाम से वो पहचानती हैं हराहट को नाम से वो पहचानती हैं हराहट को दहली से जो कच्चे घर की होती हैं नाम से वो पहचानती हैं हराहट को दहलीजें जो कच्चे घर की होती हैं और बीएचयू में बहुत सारे प्रोफेसर्स बैठे होंगे मैं उनको डेडिकेट करती हूँ ये शेर क्योंकि मैं भी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ मैं उनको डेडिकेट करती हूँ कि खौफ किसी पत्थर का पूरा होता है खौफ किसी पत्थर का पूरा होता है नींदें सारी कारीगर की होती हैं खाप किसी पत्थर का पूरा होता है नींदें सारी कारीगर की होती हैं और और पढ़ती हूँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग और शायरी जिस तरीके से जिस सलीके से सुनी जाती है बिल्कुल वैसे ही सुन रहे हैं मैं हाज़िर करती हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कि आज दुनिया को ज़रूरत है दुआ दी जाए आज दुनिया को ज़रूरत है दुआ दी जाए लो मोहब्बत की ज़रा और बढ़ा दी जाए आज दुनिया को ज़रूरत है दुआ दी जाए लौ मोहब्बत की ज़रा और बढ़ा दी जाए और ये नए फूल जो आए हैं अभी गुलशन में ये नए फूल जो आए हैं अभी गुलशन में उनको सौगात में कुछ ताज़ा हवा दी जाए कमाल है। बहुत बढ़िया ये नए फूल जो आए हैं अभी गुलशन में उनको सौगात में कुछ ताज़ा हवा दी जाए और जिन परिंदों ने मोहब्बत की दुआ मांगी है जिन परिंदों ने मोहब्बत की दुआ मांगी है उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला दी जाए बहुत बढ़िया मैम जिन परिंदों ने मोहब्बत की दुआ मांगी है उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला दी जाए दो तीन शेरपढ़ के इजाज़त मुझे मालूम है और भी कार्यक्रम होने हैं और आपको सबको शामिल भी होना है उसमें दो तीन शेर पढ़ के इजाज़त चाहती हूँ कि दर्द बेताब है अल्फाज में ढलने के लिए दर्द बेताब है अल्फाज में ढलने के लिए रास्ता चाहिए सबको ही निकलने के लिए दर्द बेताब है अल्फाज में ढलने के लिए रास्ता चाहिए सबको ही निकलने के लिए और खत्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में खत्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में और एक लम्हा ही काफी है संभलने के लिए क्या बात क्या बात वाह खत्म हो जाता है सब कुछ कभी एक लम्हे में और एक लम्हा ही काफी है संभलने के लिए और मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला, उजाला करना।, करना वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए वाह वाह वो समझते हैं कि मजबूर हूँ जलने के लिए मैं दिया हूँ मेरी फितरत है उजाला करना, करना। वाह वो समझते है कि मजबूर हूँ जलने के लिए और रात के साथ जला करती हूँ लम्हा लम्हाम लम्हा, लम्हा रात के साथ जला करती हूँ लम्हा लम्हा चांद का नूर सबा चेहरे पे मलने के लिए चांद का नूर सबा वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, वा, वा, वा।